रामायण का युद्ध औरत के लिए महाभारत का युद्ध जमीन के लिए ये कलयुग का युद्ध उबलते हुए खून के लिए कंट्रोल कॉलिंग कंट्रोल कॉलिंग ऑल स्टैटिक्स एंड वॉक इज कंट्रोल कॉलिंग इट्स एन एमरजेंसी हाई अलर्ट हाई अलर्ट इट्स एन एमरजेंसी गाली रिलीज हो रहा है में नाकाबंदी करो 24 घंटे सेक्शन 144 लगाओ चाहे कुछ भी हो जाए के के अंदर पैर न रख पाए, गाली के बाहर आने पर उसे जान से मारने के लिए एक या दो नहीं हजार तैयार बैठे हैं। सर आपने कहा था उसे मारने के लिए हजारों लोग जमा हैं, पर यहाँ तो जश्न मनाने के लिए पूरा जन सैलाब है सर। यहाँ किसका इंतजार कर रहे हो वो तो चला गया कब का मैदान में उतर गए हो युद्ध करना ही पड़ेगा मरे तो वीरगति, जीते तो सिंहासन युद्ध शुरू करे क्या